नमस्कार स्वागत अभिनंदन दिनाक 18 अक्टूबर के दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में प्रस्तुत राशिफल चंद्रमा के गोचर के आधार पर आधारित है देशी ग्रामे ग्रहे युद्ध सेवायाम व्यवहार के नाम राशि प्रधानत्व जन्म राशि ना चिंतित विवाह तो है सर्व मांगल्य यात्रायाम ग्रह गोचर है जन्म राशि प्रधानत्म नाम राशि न चिंतित शास्त्र कहता है कि जन्म राशि की ही आप लोग प्रधानता देख करके अपना राशिफल देखा करिए नाम राशि की चिंता भी मत किया करिए दर्शकों पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं पंचांग पांच अंगों से मिलकर करके मना होता है ये पांच अंग है तिथिवार नक्षत्र योग करण कार्तिक कृष्ण पक्ष के दर्शकों आज जो तिथि रहेगी ये रहेगी पंचमी तिथि और इसके उपरांत जो नक्षत्र रहेगा ये रहेगा आज रोहड़ी नक्षत्र दर्शकों सूर्योदय की बात करें तो प्रातः छह बजकर 11 मिनट पर सूर्योदय होगा सूर्यास्त होगा शाम को पांच बजकर बत्तीस मिनट पर विक्रम संबत्त दो हज़ार छिहत्तर शख संबत नामक संबत सब चल रहा है दर्शकों पंचमी तिथि के बारे में हमने देखिए आप लोगों को बताया था कि पंचमी तिथि को बेल फल नहीं खाना चाहिए बेल फल यदि आप खाते हैं तो आपके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं आपके ऊपर कलंक लगते हैं क्योंकि शुक्रवार दिन रहेगा तो शुक्रवार को पश्चिम दिशा की ओर दिशाशूल रहता है यदि पश्चिम दिशा की ओर जाना पड़ जाए तो एवॉइड करिएगा मिश्री मक्खन अथवा दही खा करके आप यात्रा कर सकते हैं लेकिन पहले पूर्व की ओर चार पक्ष चलेंगे उसके बाद आप पश्चिम की ओर चलेंगे करण रहेगा बालो इसके उपरांत कौलो और अंतिम करण जो रहेगा ये रहेगा तहतिलकरण योग रहेगा बरियान इसके उपरांत परिघयोग परिघयोग रहेगा दर्शकों राहु काल पर आ जाते हैं राहुकाल एक ऐसा काल होता है एक ऐसा समय होता है कि इस दौरान शुभ कार्यों को आपको नहीं करना है तो प्रातः दस बजकर छब्बीस मिनट से सुबह ग्यारह बजकर इक्यावन मिनट तक का राहु काल रहेगा शुभ कार्यों को यदि करना होगा तो दोपहर 1:45 से 2:30 बजे के बीच में विजय मुहूर्त है उसमें आप कर सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों काल भी है दोपहर एक बजकर उनतालीस मिनट से लेकर के तीन बजकर बीस मिनट तक तो इस दौरान भी आप लोग शुभ कार्यों को कर सकते हैं दर्शकों राशिफल की ओर आगे बढ़ते हैं लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि वार्षिक राशिफल 2020 हमारे चैनल पर पड़ चुका है आप लोग जा करके देख सकते हैं इसके साथ साथ दर्शकों दीपावली से संबंधित प्रयोग भी हमने अपने चैनल पर डाला है तो आप लोग जाइए देखिए और उसका आनंद लीजिए तो मेज से लेकर के मीन राशि के लिए क्या कुछ रहेगा आज के दिन को बनाएगा खास मेष राशि के जातको आज आपको अपने सीनियर्स के प्रति अच्छा व्यवहार बनाए रखना है आज खर्चों में अधिकता होगी इस राशि के छात्रों के लिए आज का दिन बेहतरीन रहने वाला है आज, आज आपको जो है कुटुंब की तरफ से कोई पैतृक संपत्ति इत्यादि भी प्राप्त हो सकती है माता पिता के साथ आज आपके संबंध मधुर होंगे बिजनेस में कोई बहुत बड़ा ऑफर मिलने से आज आपको धन लाभ हो सकता है इस राशि के विवाहित जीवन साथी को कोई सरप्राइज दे सकते हैं दूसरों के सामने आज आप अपनी बात को साफ ढंग से रखने में सफल होंगे गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिए आपके रिश्ते मजबूत होंगे शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट शुभ अंक आपके लिए रहेगा दो शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी दक्षिण दिशा वृषभ राशि तो आज आपको उम्मीद के मुताबिक धन प्राप्ति होगा वृषभ राशि के जातकों को जो है नौकरी पेशा जो लोग हैं इनको विशेष सफलता हासिल होगी कोई नए रोजगार का सहयोग होगा वृक्ष राशि के व्यापारियों को आज आय के नए स्रोत मिलेंगे मन मुताबिक आज आपका कोई काम पूरा होने से आपका मन बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगा दिन भर आज खुद को तरोताजा रहेंगे सकारात्मक सोच आज आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाएगी आज आपको छोटी छोटी बातों में खुशी तलाशने के तमाम अवसर प्राप्त होंगे। उपाय तो इससे आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा व्हाइट कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा आठ और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा मिथुन राशि आज आपकी सेहत पहले से ठीक रहेगी ियर में आज आपको सफलता प्राप्त होगी ले लेकिन आज धन खर्च होने के योग अधिक दिखा रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग प्राप्त होगा व्यवसाय के सिलसिले में विदेश यात्राएं करनी पड़ सकती है आज आपका ध्यान आध्यात्मिक और ज्यादा रहेगा आज किसी धार्मिक यात्राओं पर आपके जो है यात्राओं कर यात्रा करने का योग बन रहा है परिवार में आज आपके गुणों की प्रशंसा होगी जिससे आज आपका मन प्रसन्न रहेगा किसी नई तकनीक को अपना करके आज आप अपने प्रोफेशन में ईजाद करते हुए नजर आ रहे हैं आज आप अपने मन की किसी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि है, है। तो करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा कनक धरा स्त्रोत का आज आप लोग और कुछ मीठा खा करके तब कार्येत्र नीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा तीन और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा कर्क राशि के जातकों आज आपका तो मन स्थिर ना होने की वजह से थोड़े से परेशान रहेंगे लेकिन शाम होने तक बेहतर महसूस करेंगे कोई बहुत बड़ा फैसला लेने में आज आपको परेशानी महसूस हो सकती है अपनी कोशिशों पर आज आपको लगे रहना है धन लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है खास करके यदि आप अध्यापक हैं फूड से रिलेटेड हैं कॉस्मेटिक चीज़ों से संबंधित कोई व्यापार कर रहे हैं तो इसमें आज आपको मोटा मुनाफा होगा ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट को लेकर के छोटा मोटा वाद विवाद सहकर्मियों के साथ हो सकता है ऐसी स्थिति से आपको बचना चाहिए सेहत के प्रति आज सितारे आपको सजग रहने सलाह दे रहे हैं कोशिश कीजिएगा पदार्थों से आज आपको बचना रहेगा रहेगा जंक फूड को एवाइट करना आ, उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज के दिन सुबह उठ करके लक्ष्मी सूक्त का आपको पाठ करना रहेगा सब कुछ अच्छा रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा यह रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा छह शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा सिंह राशि आज काम का बोझ अधिक होने से आप थोड़े परेशान रहेंगे करियर के मामले में नए आयाम स्थापित करने का आज दिन है आज कोई नया रोजगार कोई नए जो है सेक्टर में आपको जॉब मिल सकती है आज परिवार वालों के साथ किसी छोटी मोटी बात पर बहस हो सकती है वाहन क्रय करने का आज योग बन रहा है जीवन साथी को लेकर के आज, आज आपकी कुछ जो है चिंता सेहत को लेकर के हो सकती है आज आप झूठी तारीफों के कारण कुछ उलझन में फंस सकते हैं आपको काम के कुछ नए मौके तलाशने की आज जरूरत है और आपको मिलेंगे भी आज, आज आपको अपने परिश्रम का रिजल्ट शाम तक की मिलेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा ललिता सहस्त्र नाम का आप लोग पाठ कीजिए और सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा रेड कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा कन्या राशि पैसों से जुड़ा कोई मामला आज आसानी से आप सुलझा सकते हैं आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा किसी दोस्त के सकारात्मक प्रभाव से आज आपके स्वभाव में बदलाव आएगा आज किसी प्रतिभाशाली या प्रभावशाली व्यक्तित्व से आपका मुलाकात होगा और जो कि आपके बिजनेस में जो कि आपके नौकरी में आपकी मदद करेंगे आज आप के अंदर कुछ एक्स्ट्रा जो है कला देखने को मिलेगी और आज का दिन आपके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव लेकर के आया है परिवार की ओर से आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आज, आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा आपके सभी जरूरी काम शाम तक के पूर्ण हो जाएंगे दिन भर उत्साह और कॉन्फिडेंस बना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज आपको कोशिश करनी है कि गाय को आपको कुछ मीठा खिलाना है शक्कर हो गया मिश्री हो गई या रोटी में आप शक्कर लगा कर गाय को खिला सकते हैं कार्यक्षेत्र पर निकलने से पहले आपको खुद कुछ मीठा खा करके तब निकलना है आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ग्रे कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पश्चिम दिशा तुला राशि आज आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि के तमाम अवसर आपको मिलेंगे आज आपको पेट से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है कोई अज्ञात भय आज आपको सताएगा ऑफिस में आज आप किसी तरीके की राजनीति का शिकार हो सकते हैं इससे आपका कुछ समय खराब होगा घर में नए मेहमान के आने की संभावना है जिससे आज आपका मन प्रसन्न रहेगा ऑफिस में काम की अधिकता के कारण मन आज आपका बहुत ज़्यादा उदास रहेगा बहुत ज़्यादा आज आप खिन्न रहेंगे सहयोगियों के साथ आज आपको बात करते समय अपने जो है जिम्भा पर अपने वाणी पर सितारे कंट्रोल रखने की सलाह दे रहे हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो सूर्य देव को अर्घ दीजिए आदित्य हृदय स्त्रोत का तीन बार पाठ करिए सब कुछ मंगलमय होगा अच्छा होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा नीला रंग और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा छः शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी पूर्व दिशा वहीं वृश्चिक राशि आज तरक्की के नए रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे शाम तक आपको कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है जीवन साथी को आज आप कहीं बाहर ले जा सकते हैं धार्मिक स्त्राओं पर जाने के योग बन रहे पारिवारिक जीवन खुशहाल बना रहेगा अविवाहित लोगों के विवाह के प्रस्ताव आज आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आज आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतरीन रहेगा आज आप आस के लोगों से अपनी सहानुभूति बनाए रखेंगे वृश्चिक राशि के छात्रों को पढ़ाई में आज अच्छे परिणाम हासिल होंगे कोई यदि आपका एग्जाम चल रहा है तो उसमें आज आप सफल होते हुए नजर आएंगे आज आप कई तरीके के नए काम करना चाहेंगे आपकी कोशिशें सफल रहेंगी कोई नया बिजनेस आज आप कर सकते हैं उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो कोशिश कीजिएगा शिव जी पर आपको शहद से अभिषेक करना रहेगा तदुपरांत जल से अभिषेक करिए ओम नमः शिवाय मंत्र से शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा ऑरेंज कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा वन एक नंबर और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा धनुराशि आज आपका दिन कुछ खास लेकर के आने वाला है लेकिन आज आपके गुप्त शत्रु आपके ऊपर हावी रहेंगे कार्य क्षेत्र में आज आप अपने सहकर्मियों से उलझेंगे आज Uh, सफलता पाने के लिए मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी लवमेट के साथ कुछ बात विवाद आपको हो सकता है आज आपके रिश्तों में कुछ नयापन आएगा लेकिन जो है आपके अंदर मन में जो शक का कीड़ा है इसको आज कोई नहीं निकाल पाएगा छात्रों को कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज़ मिल सकती है जो कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं आज काफ़ी सफल होते हुए दिखाई देंगे वैवाहिक जीवन में आज खुशियाँ बढ़ेंगी कोशिश कीजिएगा कि आज आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है तो इससे आपको सावधान रहना पड़ेगा के के मामलों में भी आज आज आपके सफलता प्राप्त नहीं होगी। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो कोशिश कीजिए महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का जाप करिए और ओम शब्द का आपको 21 टाइम्स 21 बार उच्चारण करना होगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा ये रहेगा पीला शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा पाँच और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी ये रहेगी उत्तर दिशा कैप्रिकॉन मकर राशि आज आपके दांपत्य संबंधों के बीच जो दूरियात हैं खत्म होंगी साथ ही रिश्तों में मधुरता आएगी बिजनेस की किसी बात को लेकर के आज आप परेशान हो सकते हैं कोई नया प्रेम संबंध आज आपका स्थापित होगा यदि आज सरकारी जो है ए, कर्मी हैं आप या सरकारी विभाग में टेंडर वगैरह आप करते हैं तो काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी काम पूरा करने में आज काफ़ी समय लगेगा उधार लेन देन से आज आपको बचना रहेगा कामकाज की व्यस्तता में आज आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन हो जाएगा आज कोशिश कीजिएगा कि शिवलिंग पर शमी पत्र चढ़ाइए और उसके बाद जल से अभिषेक कीजिए आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा ब्राउन कलर शुभ अंक आपके लिए रहेगा चार और शुभ दिशा आपके लिए रहेगी दक्षिण दिशा एक्वायर्स कुंभ राशि करियर के मामले में आज आपको सफलता मिलेगी कार्य क्षेत्र में आज आपको धन लाभ के तमाम अवसर मिलेंगे आज आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जो आपकी हर तरह से मदद के लिए तैयार रहेंगे आपके सगे संबंधी आर्थिक रूप से आज आपकी मदद करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कोई नया वाहन इत्यादि आज आप क्रय कर सकते हैं माता के स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं थी ये दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारियों के साथ आपकी तू तू मैमय हो सकती है तो अधिक बोलने से वाचाल करने से आपको बचना रहेगा में तमाम अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी हालांकि ये बात अलग है कि आप उनको आज आप भुना भुना नहीं पाएंगे साथ ही घर के सदस्यों का आज आपको सहयोग प्राप्त होगा उपाय के तौर पर गायत्री मंत्र की एक माला का जाप करिए इसके बाद आज कोशिश कीजिएगा कि आप गाय को चावल जरूर खिलाइए शुभ कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक कलर और शुभ अंक आपके लिए रहेगा ये रहेगा सात शुभ दिशा आपके लिए रहेगी पश्चिम दिशा अंतिम राशि पर आगे बढ़ें तो दर्शकों फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए अंतिम राशि पर चलते हैं मीन राशि तो मीन राशि के जातको आज आपको लाभ के कुछ अवसर प्राप्त होंगे खास करके आज आपका पराक्रम बढ़ा होगा जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा इसके अलावा विद्यार्थियों को अपनी मेहनत के बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए आज आपको कुछ अनुभवी लोगों की सलाह मिलेगी आज आपके जो है पति की तरफ से आपको कोई एक्सपेंसिव इत्यादि इत्यादि, मिल सकता है। आज कोई डायमंड से रिलेटेड ज्वेलरी आज आज आपको, आप आपको पाठ करना रहेगा आपके लिए शुभ कलर रहेगा ये रहेगा व्हाइट कलर शुभ अंक रहेगा छु दिशा आपके लिए रहेगी पूर्व दिशा तो दर्शकों कैसा लगा हमारा ये राशिफल कमेंट के माध्यम से बताइए इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ दीपावली से संबंधित तमाम वीडियो हमारे चैनल पर पड़ गया है वार्षिक राशिफल 2020 भी हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है आप लोग जा कर के देख सकते हैं गुरु का गोचर होने वाला है इससे संबंधित भी एक वीडियो पड़ा हुआ है आप लोग जाइए और देखिए और जो भी उससे संबंधित उपाय है आप लोग कर सकते हैं अपनी यदि कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके पर्सनली हमसे बात करके आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं आपने इस वीडियो को देखा हमें प्यार दिया आपका बहुत बहुत, बहुत धन्यवाद दीजिए इजाज़त तब तक के लिए नमस्कार